हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब इंडियन वेजी रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गट्टे की सब्जी जो भी बहुत आसानी से बन जाती है अब हम लेंगे बेसन चार से पांच चम्मच बेसन लेंगे ये देखिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं क्योंकि सब्जी में भी नमक डलेगा तो ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्की सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे पानी धीरे धीरे डालेंगे एकदम से नहीं डालेंगे नहीं तो ये जो बैटर है वो पकोड़े जब बनाते हैं वो ऐसा हो जाएगा वैसे नहीं बनाना है पहले थोड़ा सा चम्मच से करने के बाद आप हाथों का यूज कर सकते हैं देखिए ऐसा डो तैयार हो जाएगा और फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ज्यादा नहीं दो से तीन बूंद देखिए और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि ये हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत ही स्मूथ और अच्छा डो तैयार है और इसको हाथों की मदद से हाथों में हल्का सा ऑयल लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको ऐसी शेप देके तैयार कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन रखा है उसमें पानी पहले बॉयल हो चुका है और उसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जब हम बेसन की सब्जी इसमें डालेंगे जब वो पकेगा तो आपस में चिपके नहीं इसलिए पानी पहले से काफी ज्यादा बॉयल है तो गट्टे जो है हम इसमें डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे सिम पे नहीं गैस हाई फ्लेम पे ही रहना चाहिए और अब दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च देखिए कितने अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं हमने जो मसाला लिया था उसको आ, मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है और थोड़ा सा ऑयल लेंगे मसाले को भूनने के लिए उसमें डालेंगे नमक हल्दी और हल्की सी काली मिर्च देखिए फ्रेंड्स ये जो हम हल्दी पहले डा, डालते हैं कई लोग हल्दी बाद में भी डालते हैं लेकिन जो पहले हल्दी डालने का ऑयल के अंदर ही जो कलर आता है वो बाद में डालने से नहीं आता देखिए तो और जो गट्टे हैं हमारे पक्के तैयार हैं और उसको ऐसे पीसेस में काट लेंगे पतले पतले पीसेस हैं मसाला रेडी है और जो हमने गट्टे काटे थे वो मसाले में डाल देंगे और इसमें अपने अकॉर्डिंगली आपको कितनी ग्रेवी थिक चाहिए या जैसे भी आपको पसंद हो वैसे डाल सकते हैं इसमें एक छोटा सा टिप है अगर आप सब्जी बना के थोड़ा देर रखेंगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा डालें क्योंकि जो बेसन है गट्टे की सब्जी हमने बनाई है जो बेसन है वो पानी अब्जॉर्ब कर जाता है तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें अगर ज़्यादा डालेंगे दो तीन उबालिया आने के लिए रखेंगे और उसके बाद जो पानी है काफी हद तक सोख हो जाएगा ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका और ग्रेवी काफी थिक बनी है अभी हम आपको जो गट्टे हमने पीसीस किए थे चेक करके दिखाएंगे इसको हम एक और तरीका है जो हमने गट्टे कटिंग की थे इसको हम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं लेकिन ऑयल ज्यादा उसमें लगता है इसलिए हम ये करेंगे और दो चम्मच हमने दही लिया है अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें दही ऐड करेंगे टमाटर नहीं डाला है इसलिए हम इसमें दही डाल रहे हैं दही का भी काफी अच्छा टेस्ट आता है और 10 मिनट में गट्टे की सब्जी बनके तैयार है जब आपको कोई चीज समझ न आए तो आप गट्टे की सब्जी बना सकते हैं देखिए इसका कलर और ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है और गट्टे काफी स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं ओके फ्रेंड्स बाय बाय फिर मिलेंगे थैंक यू